Hacker Hacker hacker Piche a ja Toy no open ab head aa gaya ben chod aa apne parin aave hai waale ab aa